हेलो गाइज आज के इस प्रतियोगिता में तीन प्रतिभा शामिल है देखते हैं किस में मतलब कितना दम है और कौन जीत पाता है तो ये लोग काफ़ी देर से मेरे को परेशान कर रहा था कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ लेकिन बनाओ क्या लेकिन अभी हम लोग मैं इसको चैनल इन लोगों को चैनल दिया हूँ कि ये जो ये तालाब दिख रहा है ना ये चारों तरफ से सूखा पड़ा है तो इसके चारों ओर से राउंड करके आना है इन तीनों को जो फर्स्ट आएगा उसके लिए ट्वेंटी रुपीज़ है प्राइज़ और जो सेकंड आएगा उसके लिए टेन रुपीज़ प्राइज है तो ये लोग उत्सुकता है रनिंग के लिए तो आप लोगों को पता है कैसे दौड़ा जाता है रनिंग में खोल दे उसको दिक्कत हो रहा तो खोल दे नहीं नहीं दिक्कत नहीं हो रहा है अरे दिक्कत देगा दौड़ते वक्त नहीं तो रनिंग कैसे करना पता है तुमको हाँ पता है ऐसे पहले बैठो स्टाइल से स्टाइल के साथ हाँ हाथ रखो उसमें हाँ आप भी बैठ आप भी बैठ ए ट खोल ना तू शर्ट खोल अरे मजा नहीं आ रहा है वो लोग खोल हाँ ये हमारा शक्तिमान है अभी देखना सबको पछाड़ देगा मजा आ रहा है भाई तू भी बैठ बैठ बैठ हाथ रख तो क्या एक मिनट में एक किलोमीटर में <laughs> देखो मैं तीन तक गिनूंगा ठीक है तो अभी तुम लोग रेडी हो जाओ, हो या हो जाओ मैं साइड हो जाऊंगा मैं, स... मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूं कैमरा को, आगा। को। आगा। रुक जा अभी सेटिंग नहीं हुआ ले ले ले ले ले ले। रुक जा ए मानिक सही से तैयार हो जा दौड़ने के लिए जो आएगा वो बीस रुपए उठाएगा पहले उसके बाद सेकंड वाला दस रुपए उठाएगा नहीं तो बड़ा वाला नहीं उठा लेना मैं छीन लूँगा पैसा तो तीन गिनता हूँ ठीक है वन टू थ्री Nice, गाइस बेच चुका हूं देखा जाए कि कौन जीतता है और कौन हारता है और कौन सेकंड आता है वाह लगा दौड़ लगा माने माने किधर है दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दो माने दौर अरे <laughs> फर्स्ट वाला किधर है दौड़ दौड़ दो ड नौजवान दौड़ो चबास चबास चबास आजा, आजा, आजा, अरे आजा, आनंद आगे आ रहा है कौन ले कौन कौन कौन कौन जीता बता आनंद फर्स्ट प्राइज मिल गया आनंद को आनंद फर्स्ट प्राइज है ना रहे? जी हाँ देखो आनंद में दम है और ये हमारा जो क्या बोलता है पंकज श्रीवास्तव बाहर गया है मतलब सेकंड आया है और थर्ड वाला किधर है रे जल्दी ये थर्ड वाला देख सकते हो तो, दो ही नहीं रहा ये लोग का अभी गर्मी चढ़ गया देखो कैसे गया वो ओह ये प्राइज का पैसा उठा ले बंदा बहुत मेहनत किया लेकिन फर्स्ट एक गया था लेकिन सेकंड आ गया थक गया भाई हाँ और बनाएगा वीडियो नहीं <laughs> और भी प्राइज है बनाएगा बता बनाएगा। <laughs> और भी मोटा मोटा प्राइज है बताएगा बनाएगा तो बता मैं तैयार हूँ <laughs> ए हेलो गाइस मानिक तू इतना लेट था क्या, था क्या <laughs> तेरा इंटरव्यू बनता है तू दौड़ क्यों नहीं पाया बता <laughs> तू तो ज्यादा लंबा है ना हाँ तू ज्यादा लंबा है ना तो कहीं नहीं दौड़ पाया लोगों से भाई थक गया थक दे गई <laughs> <आ>? पक्का पक्का गमछा मैन जीत गया टॉपी तो में न सेकेंड आया और टकलू मैन थर्ड आया इन लोगों के लिए दोस्तों एक लाइक एक शेयर तो बनता है एर एक सब्सक्राइब भी बनता है बेल आइकन को क्लिक कर लेना और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से बड़ा बड़ा प्राइज रखा जाएगा लोग के लिए देखते हैं बंदे में कितना दम है और कितना लेके जाता है प्राइज और मानी तेरे में दम नहीं है हाँ वो बॉडी कैसे दिखा रहा था इसे दिखा दिखा दोनों हाथ दिखा ऐली तो दोस्तों अभी हम लोग वीडियो को एंड करने वाले हैं तो इस जगह का वीडियो क्या? तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब पे फिर से दिखा देता हूँ ए राउंड पूरा मज़ा आता है इसमें दौड़ने में इसमें कभी मैं भी दौड़ा करता था पर अभी नहीं दौड़ता हूँ अभी तो मेरा जवान खत्म हो गया है पानी पानी हो गया लोग का जवान देखो कितना पानी हो रहा है दिखा बोड़ी दिखा बोड़ी दिखा दिखा दिखा दिखा बॉडी बॉडी बॉडी बॉडी बॉडी अरे तीनों मिलके दिखा ऐसे करके फोटो ले ले रहा हूं मैं ओ तू तू तू भी ना आ, ले। देख लिए आया। तो ए, सही से कर रहा हाथ रे मानिक ओ क्या नाम है उसका पंकज खड़ा कर हाथ खड़ा कर हाँ ऐसे तीनों भाई मजा आ गया आज चलो चलो दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं बाय बाय फाइनली गाइस अभी फिर से वीडियो में आना पड़ा क्योंकि ये हमारा उस क्या बोल रहा है अपन को भी प्राइस चाहिए तो अपन के पास इतना प्राइस तो है नहीं अभी जितना है चिल्लर वाली से काम चलाना पड़ेगा <laughs> तुमको बोला था ना फर्स्ट प्राइज लेना है लेकिन तू आया नहीं तो क्या करेगा ले इसके लिए थर्ड प्राइज है चिल्डर पार्टी तो फिर कभी इसको मिठाई उठाई खिलाएंगे बाद में जब बड़ा बड़ा प्राइज हो गया तब तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना इस के लिए एक एक लाइक लाइक तो तो बनता है और एक तो बनता है है, है और शेयर शेयर शेयर ना? बोलो करे, करे। आ, बनेगा। करना। आ, आ, बेल को करना। बेल को क्लिक करना। बेल बेल बेल क्लिक तो जबान पूरा मोटा हो गया ओके <laughs> दोस्तों